एक अकलीत इंसानों की ऐसी होती है जिनके लिए मैं दो लफ्जफ इस्तेमाल कर रहा हूं और हसासन और हसास लोगों में कब्ज और बशत की कैफियत यह मुख्तलिफ साइकिल हैं जो आती रहती है कभी तबीयत में पशबुर्दगी है दिल बुझा हुआ सा है कुछ नाउमीदी सी है खुद अपने ऊपर एतमाद की कमी महसूस हो रही है मुझमें सलाहियत नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता अब तक जो कुछ किया कबा भी है उमंग भी है उम्मीद भी है रोशन पहलू नजर आ रहे हैं कब्ज की कैफियत में तारीख पहलू नजर आते हैं मायूसी के पहलू नजर आते हैं पैसिमिज्म की कैफियत और यह जो बस्त की कैफियत है इसमें रोशन पहलू देखो ये भी तो है ना आखिर यह भी तो हुआ है और भी हो सकता है आखिर अब तक मैंने ये काम भी तो कर लिया आगे भी मुश्किल आसान हो सकती है ये दो कैफियत हैं कब्ज और बस्त की जिनको कि सूफिया के नाम ने यह असलाहत यह उनवान दी है कब्ज और बस्त जितनी इंसान के अंदर हसासीियत की कैफियत ज्यादा होगी जहानत ज्यादा होगी उतना ही ये जो वेव्स हैं इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है कम गहीन इंसान है कम हसास है, आएंगे तो सही है लेकिन यह कि वह वेव जो है उसका जो है उसके अंदर ऊपर और नीचे की कैफियत ज्यादा नहीं होगी लेकिन जितना यह मामला बढ़ता है यह जो वेव है उसकी एम्पलीट्यूट बढ़ता चला है। लेकिन नॉर्मल इंसान का मामला यह है कि यह हदूद के अंदर रहे किसी की एक कैफियत जो है एब जब हो जाता है यही है जो जदीद हमारी जो साइकोलॉजिकल मेडिसिन है उसमें उसे कहा जाता है मायूसी हुई तो इतनी हुई कि जैसे कमर टूट कर रह गई और इसी डिप्रेशन में होती है खुदकुशियां खुदकुशी कर जाता है, डिप्रेशन कुछ रोशन पहलू नजर ही नहीं आ रहा कोई उम्मीद का पहलू नजर ही नहीं आ रहा कोई सूरत नजर नहीं आती कोई उम्मीद बन नहीं आती किस तरफ जाऊं किधर देखू किसे आवाज को ऐ हजूमे नामी दिल बहुत घबराए है और जब आदमी महसूस करता आई कान फेस दीज रियलिटीज ये कमर सोसाइटी ये और जब कैफियत होती है इन की तो आदमी खूब भाग रहा है दौड़ रहा है उमंग है मेहनत है दौड़ रहा है उम्मीदें हैं। अब हर चीज का रोशन बैग नजर आ रहा है, अजीब है ये। असल में मुझे कुछ तजर्बा भी हुआ है हमारे खानदान में भी ये मरज मौजूद रहा मेरे वालिद मरहूम काफी तवील अरसे इसमें एक डिप्रेसिव साइकोसिस के मरीज रहे होता है यह मामला वैसे भी शायद हमारा खानदान जो है उस कैटेगरी में आता है जिसमें जहानत नस्बतान कुछ ज्यादा है हसासीत भी नस्बता कुछ ज्यादा है यह दूसरी बात है कि कोई शख्स जो है ये फलसफे के तौर पर इख्तियार कर ले कि अपने आप को ढीठ बना लेना है यह फलसफा भी बन सकता है लेकिन यह है कि अगर आदमी छोड़ दे अपनी तबीयत को तो यह दोनों कैफियात आती हैं इन्हीं कैफियात में अगर ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है ये हद से निकल जाए तो ये बीमारी है मैंने एक साइकोसिस मैंने इसमें जब आदमी होता है वो अपर कैफियत में तो उसके अंदर बड़ी अजीमत है रोशनी है उम्मीद है लोगों से गुफ्तगु कर रहा है हफ बोल रहा है खूब जो है महफिल के अंदर अब वो महफिल में उसे दिलचस्पी महसूस हो रही है और उसे हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है खुद अपने वजूद का भी रोशन पहलू दूसरों के वजूद का भी दूसरों की बात में से भी वो अच्छी अच्छा पहलू तलाश करेंगे वो बुरा पहलू तलाश नहीं करेंगे जब दूसरी कैफियत है डिप्रेशन की हर एक की बात में कोई बुराई नजर आएगी कोई इसकी नीयत का फतूर है कोई फसाद है कोई ये जो है बदनीयती के साथ ये बात कर रहा है कोई खैर कहीं है नहीं। बुराई ही नहीं बुराई ही बुराई है मायूसी ही मायूसी है बददली ही बददली ये है दर हकीकत वो कैफियत को गालिब ने बेहतरीन अंदाज में ताबीर किया है जहीन और हसास इंसानों में उनकी जो तरक्की है वह इन्हीं मराहल से होकर गुजरती है और हर डिप्रेशन के बाद डिप्रेशन में उस लस, सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा यानी बीमारी की हद तक पहुंचने वाली डिप्रेशन नहीं सिर्फ कब्ज की हद तक पहुंचने वाला मामला हर कब्ज के बाद जब बस आता है तो आगे तरक्की होती है आप कहते हैं बाई लीप्स एंड बाउंस आदमी जो है छलांग लगाता है गोया के एक दर्जा जो पहले था उससे आगे दर्जा इंसान का जो है उससे बलंतर पोजिशन इंसान पहुंचता है हर कब्ज के बाद जो नया बस्त आता है वो एक नई कैफियत नई शान नई बुलंदी नई रिफकने कराती है इसको गालिब ने ताबिर किया है बहुत खूबसूरत अंदाज रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा और यानी शायद भी कभी ऐसा वक्त आता है शेर जो है वो उस पर नाजिल ही नहीं हो रहा शेर नहीं कह पा रहा तबीयत में रुकावट सी है बंदिश सी हो गई है कोई कलाम मौजू हो ही नहीं रहा लेकिन फिर जब ये कैफियत जो है बदलती है और जब फिर बस्त की कैफियत आती है रुकती है मेरी तबा तो होती है रवा और फिर उसके अंदर एक जौलानी नई एक कैफियत जो है इन की वो एक बिल्कुल नई कैफियत नई शान के साथ ये है वो मामला जो इन आयात मुबारक के पस में है इसीलिए अब मैं आपको उसका हवाला दे रहा हूं तफसीर मजहरी में कादी सना पानीपति रहमतल्ला ने बहुत उमदाबाद फरमाई है कि हालत कब्ज अगर किसी शस्पर तारी हो तो उस हाल में इक्र का दर्जा रखती है यह सूरह मुबारक इसलिए कि यह नाजिल हुई है मोहम्मद सल्लाम पर उसी हालत कब्ज में ما ودعك ربك ربك وما قلا بل بل خير لك من سوف فترضى يجدك فهدا जैसे मोती हुए एक लफ्ज कब्ज अब उसमें जो भी वाक आती और जो मैंने आपको रिवायाती भी पसमंजल बयान किया वो भी फिट बैठ रहा है वो खुदकुशी का मामला भी आ गया इसमें फिट बैठ रहा है, बुखारी है कि हजूर फरमाते हैं कि मेरी तबीयत पर इस दर्जे इजराब था इतनी कैफियत जो है मेरी तश्वीश की थी कि मेरे दिल में बार बार ख्याल आता था, था कि पहाड़ पर चढ़कर अपने आप को नीचे करा दू ये सारे मामला अब आपको महसूस होगा जैसे तमाम कड़िया जो है वो जुड़ गई जैसे रात को अब आप उठ नहीं पा रहे इसमें लाल है आसाबी जो है आसाब इस दर्जे मुतासर हो चुके हैं सिर्फ ये एक, एक एहसास की कैफियत नहीं है आपकी कुवत फैली जो है अमली वो भी इस दर्जे मुतासर हो चुकी है कि कई रातें गुजर गई और आप रात को नहीं उठ सके जिस पर उम्मिर जमील को यह कहने का मौका मिल गया कि मालूम होता मोहम्मद तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ गया अब ये जुमला अपनी जगह पर इसकी काट है यकीन नजीक सदरों का बिमा यक लेकिन वो कैफियत जिसकी वजह से ये जुमला आया है उस पर निगाह दौड़ाइए उस पर निगाह को मरकूज करेंगे तो मालूम होगा एक लफ्ज कब्ज ये कब्ज़ की एक कैफियत थी उस कब्जी की कैफियत का एक मंजर ये है क्योंकि ये भी तो दर हकीकत कल्बे मुबारक जो है मोहम्मद सल्ला वसल्म का उसी पर तो वही कद दूर होता था ये भी वही दाखिली एहसासात कैफियात का मामला है यही भी दरहकत ये वारदात कलबिया ही का सारा मामला है इसको आप खारिज से ताबीर नहीं कर सकते ना अभी कोई ऐसे मसाइब थे न ऐसी कोई मुश्किल थी ना अभी कोई रद्दा ऐसी शुरू हुई ना अभी कोई बहस वजा का मामला ऐसा हुआ न कोई अभी कोई प्रोफिजिकल प्रोसिक्यूशन शुरू हुई ये सब दाखिली ही है कैफियात हैं और उन दाखिली कैफियात के हवाले से इन शुरा मुबारक को अगर सही समझाए तो सूफिया ने समझा वो जो इकबाल का शेर है कि कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज्वा समझा मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा और कौन समझेगा वो तो समझेगा कि दुखे हुए वो दिल की सदा है वो क्या है जो इकबाल की वो एक नजम है पर, परिंदे की फरियाद गाना इसे समझकर खुश होना सुनने वाले ये तो दर हकीकत एक दुखे हुए दिल की सदा फरियाद ये सदा है तो यह कैफियत जो है रिजवान समझ सका है जो कि दारोगा है, जन्नत है उसने समझा ये वही आदम जो निकाला गया था यहां से यह उसकी फरियाद है कुछ जो समझा मेरे शिक्वे को तो रिजवा समझा कुछ को जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा तो वाक्य है कि इस सुरह मुबारक का सही सही फेम अगर हासिल हुआ है वो इमाम राजी को हासिल हो ही नहीं सकता वो अक्ल और मंत्री की गुथियां सुलझाने वाले आदमी हैं अपनी जगह उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है यह लुगत और अदब का कोई खास मसला इसमें है ही नहीं किशरी इसमें कोई जौलानी दिखाएं अपनी इसमें कोई ऐसा इश्काल है ही नहीं नहवी इश्काल ही नहीं लेकिन ये वारदात कलबिया का मामला है एहसासात बातनी का मामला है ये नफ्सियात इंसानी का मामला है और इसको वही समझ सकते हैं कि जो माहरीन इल्म नफ्स है और वह है सूफिया कराम हमारे यहाँ जिनका वोक़ है बातनी कैफियात तो एहसास जिनका मौजू है कि ये दर हकीकत हालत कद की कैफियत है